हाय आएगा मैं हूँ अजय कम्बोज और आज मैं बात करूँगा कि आयुर्वेदिक मेडिसिन वैज्ञानिक होती है या विज्ञानिक होती है साइंटिफिक होती है या अनसाइंटिफिक होती है मैं किसी तरह की बहस में नहीं पढ़ना चाहता लेकिन मेरा मानना है कि मैं उन लोगों में से कुछ हूँ जो इस प्रश्न का इस सवाल का जवाब देने के योग्य खुद को समझता एक्चुअली जो मेरी एजुकेशन है वो एलोपैथी से है डी फार्मा प्लस डी फार्मेसी यानी मैं एक एलोपैथिक फार्मासिस्ट हूँ और उसके बाद मैंने सात आठ साल एलोफैथिक मेडिसिन में काम किया है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन और मार्केटिंग में मैंने काम किया है उसके बाद मैंने अपना आयुर्वेदिक स्टार्टअप शुरू किया था वो इसलिए नहीं किया था कि आयुर्वेदिक के साथ कोई मेरा ज़्यादा लगाव था या कुछ था वो इसलिए किया था क्योंकि आयुर्वेदिक में स्टार्टअप करना काफ़ी आसान था वो कम कोस्ट से शुरू हो जाता था और उसकी डिमांड बढ़ रही थी और एलोफैथिक में कम्पिटिशन भी ज्यादा था आयुर्वेदिक में थोड़ा कम था इसलिए वो रास्ता आसान था तो और मेरे को उसमें काफ़ी मदद मिली इसलिए मैंने अपना आयुर्वेदिक स्टार्टअप शुरू किया था और अब मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है काफ़ी साल हो गए हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी अपने स्टार्टअप में भी तो दोनों का ही मेरे को एक्सपीरियंस है इस विषय पे मेरे को कहने के लगता है कि इस चीज़ का जवाब देने के लिए मैं थोड़ा कम्फर्टेबल हूँ ताकि और थोड़ा मैं दे सकता हूँ इस बारे में जवाब असल में कोरोना ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि आयुर्वेदिक बेटर है या एलोपैथिक बेटर है अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे को लगता है कि दोनों ही अपनी जगह इनकम्प्लीट है क्योंकि दोनों में ही बहुत सारी कमियां हैं अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करता हूँ तो प्योरली ये बिजनेस है चाहे वो एलोपैथिक मेडिसिन है चाहे वो आयुर्वेदिक मेडिसिन है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हो एलोपैथिक हॉस्पिटल हो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो एलोपैथिक डॉक्टर हो चाहे आयुर्वेदिक कंपनी हो चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो जो भी है वो सब पैसे के लिए काम करते हैं और ये प्योरली एक बिजनेस है उनका प्रोफेशन है उनको उसे पैसे मिलते हैं तो वो ये सब करते हैं कोई भी पर्सन सेवा के लिए ये नहीं करता चाहे वो आयुर्वेदिक है चाहे वो एलोपैथिक है बहुत कुछ पर्सन करते हैं कुछ इसको सेवा के रूप में भी करते हैं चैरिटी के तौर पे भी करते हैं लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है अगर हम मान के चलते तो नाइनटी नाइन परसेंट चीजें बिजनेस है केवल एक परसेंट चैरिटी के लिए हो सकता है और उसमें भी मैं श्योर नहीं हूँ हर कोई बिजनेस है चाहे वो रिसर्च हो रही है कोरोना पे वैक्सीन बन रही है या दिन रात डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं या कोई योग गुरु कह के कोरोना की मेडिसिन का दावा कर रहा है ये सब बिजनेस है पर यह एक अलग बुजना है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन वैज्ञानिक होती है या विज्ञानिक होती है तो अगर सही तौर पर कहूँ तो ये बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये वैज्ञानिक है या अविज्ञानिक है यहाँ तक कि यह बता पाना भी मुश्किल हो जाता है कि एलोपैथिक भी वैज्ञानिक है या नहीं है क्योंकि कोरोना में हमने देखा है कि ज्यादातर एलोपैथिक डॉक्टर भी केवल टुक्कों पे काम कर रहे थे उनको भी नहीं पता था क्या करना क्या नहीं करना कहीं से गाइडेंस आ जाती थी कहीं से कुछ उनको लगता था तो वो वो करने की कोशिश करते थे तो कोरोना ने उनके मामले में भी थोड़ा सा ये सिद्ध किया है कि वो भी उनका भी ज्ञान और उनकी भी पद्धति बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट है अभी उनको भी बहुत सारी अभी रिसर्च करने और बहुत ही लंबा रास्ता तय करने की जरूरत है फिर भी मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन को वैज्ञानिक तौर पे तोड़ने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन को ही एक मानक एक स्टैंडर्ड मान के चल रहा हूँ क्योंकि तो वो बहुत हद तक साइंटिफिक चीज़ों पे आधारित होती है और उसी के बेसिस पर मैं जानना चाहता था कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है या जड़ी बूटियों से जो इलाज किया जाता है पेड़ पौधों से जो इलाज किया जाता है वो विज्ञानिक तौर पर हम उसको रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं तो उसके बाद मैंने पाया कि जब जितने भी हम फार्मेसी स्टूडेंट्स होते हैं सबको पता होगा कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है फार्मा कोग्मासी और फार्मा अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आप समझ जाओगे कि फार्मा कोग्नसी में क्या होता है अगर आप फार्मेसी से अगर आप फार्मेसी से ताल्लुक में नहीं रखते तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें जिसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं प्राकृतिक स्रोत चाहे वो पेड़ पौधे हो जड़ी बुटिया हो एनिमल्स हो या मारक्रोप्स हो उनसे नई दवाइयों की खोज की जाती है और जितने ये नेचुरल रिसोर्सिस होते हैं उनके फिजिकल बायोलॉजिकल केमिकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी की जाती है इसमें एक तरह से बिल्कुल जड़ी बूटियों को बिल्कुल अच्छी तरह से उपयोग किया जाता है उनके मेडिसिनल मैली अगर हम कह सकते हैं कि जो उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उनके बारे में स्टडी की जाती है अगर बेसिकली हम कहें तो जितनी भी जड़ी बूटियाँ होती है यानी मतलब या जो उनसे भी प्राकृतिक रिसोर्सिज होती है उनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी पर स्टडी की जाती है तो जब हम फार्मोग्नोसी की बात करते हैं तो उसमें पाया जाता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है उनका हम मेडिसिन के तौर पे यूज कर सकते हैं और जो ये पेड़ पौधे होते हैं उनमें से ज़्यादातर वही होते हैं जो हम आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज करते हैं यूनानी में भी करते हैं जितने भी जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के रिसोर्सेज होते हैं सिस्टम्स होते हैं उनमें उन्हीं ज़्यादातर पेड़ पौधों का यूज किया जाता है तो फार्मोग्नोसी कहीं ना कहीं उनके मेडिसिनल यूज को सिद्ध करती है कि उनमें कोई ना कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि फार्माकॉग्नोसी के हिसाब से अगर उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी है तो जब हम उसको फार्माकॉग्नोसी में यूज करते हैं तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी अपनी सो करेगी लेकिन जब उसी हब्स का हम आयुर्वेदिक में या दूसरे अल्टरनेटिव मेडिसिन में यूज करेंगे तो वहां पर वो अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टी है जो मेडिसिनल यूज है वो सो नहीं करेगी अगर वो वहां पर अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी और अपने औषधीय गुण वहाँ पे शो कर रही है तो डेफिनेटली बात है वो सेम हब जब हम उसको आयुर्वेदिक में यूज करेंगे तो वहाँ पे भी वो अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टी को सो करेगी अब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है अब ये सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो इसको वैज्ञानिक मानता है अवैज्ञानिक मानता है आयुर्वेदिक मेडिसिन विज्ञानिक है या अविज्ञानिक है ये तो उस पर्सन पर भी डिपेंड करेगा जो उसका उपयोग कर रहा है अच्छा मेरे हिसाब से दोनों का ही अपना मौजूद है एलोपैथिक का अपना मौजूद है आयुर्वेदिक का अपना मौजूद है दोनों की जो बहस है वो बेफजूल की है उसका कोई फायदा नहीं है इसको लेकर जो झगड़ा हो रहा है या तो वो राजनीतिक है या अपना बिजनेस बचाने के लिए है क्योंकि एलोपैथिक एसोसिएशन को लगता है कि अगर आयुर्वेदिक की डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनकी उपयोगिता या उनका जो हित है उनकी अहमियत है वो कम हो जाएगी और बाबा जी को लगता है कि उसके पास एक नया मौका है अपने आप को प्रचार करने का अपने आप को एलोपैथिक से बड़ा सिद्ध करने का आयुर्वेदिक को आयुर्वेद एलोपैथी से बड़ा सिद्ध करने का ताकि उसकी सेल बढ़ सके तो दोनों का ही अपना स्वार्थ है यहाँ पे चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो चाहे किसी भी वे में हम उसको लगा सकें तो असल में दोनों की जो बहस है दोनों की अपनी अहमियत है दोनों के अपने गुण हैं दोनों के अपने अवगुण हैं आप एलोपैथिक से हर चीज़ को सही नहीं कर सकते आरडीजी को ट्रीट नहीं कर सकते आप आयुर्वेदिक यूनानी या आर्टर मेडिसिन से हर बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते दोनों ही अपने आप में इनकम्प्लीट है लेकिन दोनों का ही जब ओरिजिन हुआ था दोनों ही बने थे वो मानवता की भलाई के लिए बने थे और दोनों का ही उपयोग मानवता की भलाई के लिए ही होना चाहिए हो सकता है कि आप क्रोसपैथी में जाओ एक दूसरी मेडिसिन को यूज़ करो एलोपैथी के साथ आयुर्वेदिक यूज करो या आयुर्वेदिक के साथ एलोपैथिक यूज करो जो भी करो हम सबका पर्पज केवल एक है वो है मानवता की भलाई और वो ही सबसे मेन मकसद है कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन वैज्ञानिक है कौन है वैज्ञानिक है ये चीज़ें मैटर नहीं करती उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग